खाओ बनाओ 96 YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे मैं खाने की वीडियोस बनाते रहता हूं। वो बड़ी वीडियो भी होते हैं और शॉर्ट वीडियो भी होते हैं तो आप लोग कीजिए, लाइक रेसिप लेके आ रहा हूँ आपके लिए की है खोपरे की चटनी के पास ये कुछ चीजें लगेंगे ये दही है खोपरा कच्चा नारियल तीन चार मिर्ची थोड़ा सा हर्द का दाल थोड़ा सा चना का दाल थोड़ा सा जिंजर और एक साइड कड़ी पत्ते और इसमें ऑयल लगेगा तो मैं आप लोगों को दिखाता तो हूँ कैसे बनाना है हाथ में भी लग सकता है तो आप लोगों को देखिए मीट एंड के निकल चुके हैं स्मॉल स्मॉल कट कट कर कर लेंगे। कर लिया। और एक दिन ये इतना जो टुकड़ा है, उसको हम लोगों कद्दू कस करना ऐसे करके चटनी खाने में ऊपर की जो शेपिंग रहती है वो बहुत अच्छी होती है ये हम लोग ने कदूकश कर लिया है हम लोग को अभी मिक्सर में ग्लिड करना है ये ग्लिड करना है थोड़ा सा मिर्ची लेना है थोड़ा सा झिजर लेना है और ये जो दाल है जो हम लोग को पहले रोस्ट कर लेना है तावे पे उसके बाद थोड़ा सा दाल लेना है और ये जो रहेगी वो फ्राई के टाइम में हम लोग जब फ्राई करते हैं यानी तड़का लगाते हैं चटनी को तब इसकी जो ज़रूरत रहेगी एंड कढ़ी पत्ते की तो हम आप ये प्रोसेस फॉलो कीजिए इसमें रेड मिर्ची भी आएगी मैं आप लोगों को फ्राई करते समय बताता हूँ हम लोगों ने इसमें सबसे पहले हम लोगों को डारे ऐड करना है मिर्ची ऐड करना है थोड़ा सा अदरक ऐड करना है अभी हम लोग इसमें थोड़ा सा चने की दाल ऐड कर लेंगे जैसे कि मैंने बोला आपको मैंने भून लिया है तो इसमें मैं दो लहसुन भी ऐड कर दूँगा और इसी स्टेज इस पर हम लोग को थोड़ी सी दही ऐड करनी है तो दही में टू टीस्पून ऐड कर दूँगा इसमें वन टू और थोड़ा सा हम लोग को पानी ऐड करना है यह मिक्सर में ऐड करूँगा लगाऊँगा और इसको मैं चालू करूँगा तो हम लोग लोग देख रहे हुए ये हल्का हल्का ये हो गया अब इसमें हल्का सा वाटर ऐड करना है एंड नमक ऐड करने का है हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया है टेस्ट के अकॉर्डिंग आप, आप, आप लोग बाद में भी ऐड कर सकते हो तो अभी हम लोग को इसको फिर से घुमाना है जिससे ये अच्छे से इसको एक बार और मिक्स करेंगे और इसको फिर से एक बार अच्छे से आपको भी ये, ये स्टेज तक इसको ग्रेड करना है अभी हम लोग फ्राई करने के लिए प्रोसेस में आएंगे तो फ्राई करने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा मस्केट चाहिए थोड़ा सा गुड़ का दाल चाहिए और लाल मिर्ची हमारा प्यारा कड़ी पत्ता तो चलो शुरू करते हैं। वन टीस्पून हम लोग ऑयल ऐड करेंगे ऑयल गर्म हो चुका है सबसे पहले हम लोग मस्कट सीड ऐड करेंगे थोड़ा सा हम लोग के दाल को ऐड करेंगे ये हम लोगों को थोड़े टाइम तक इसको भून लेना है तो रेड मिर्ची ऐड कर देंगे मिर्ची नहीं है दोस्तों ये एंड इसके बाद हम लोगों को कड़ी पत्ते ऐड कर देंगे हल्का सा साइज अच्छे से मिक्स कर देना है बड़ी पत्ते को इसके बार हम लोगों को प्लेन बन कर देना है सिंपली चटनी है हम लोगों इसमें इस को इसमें ऐड कर देना है इस चटनी को लिए यहाँ पे मिक्स करना है मैंने आप लोग देख सकते हो भी फ्लेम से, से बॉल में रखना है इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं लेकिन मुझे सूखी चटनी पसंद है तो मैं पानी ऐड नहीं कर पाऊँ और हम लोगों को हमारे गार्निशिंग के लिए सिंपली ये कटा हुआ भुना हुआ थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ नारियल और छोटा छोटा कटा हुआ नारियल ऐड करना गाइस, हम लोग की डिश रेडी है